तो हमें जो रिपोर्ट बनानी है पहले समझिए प्लॉट को समझिए प्लॉट क्या है जो मेरा डेटा है वो डेटा अभी यहां पे जो डेट लगा हुआ है दिया नहीं है क्योंकि टाइम यहाँ सिर्फ टाइम तो नहीं है डेट एंड टाइम इकट्ठा है ना सर सो यहाँ पे डेट नहीं लगेगा आपने डेटा को एडिट मत कीजिए जब भी डेटा हो डेटा को कभी एडिट करने की कोशिश मत की कोई भी रिपोर्ट बना रहा हो डेटा जैसा वैसा रखिए ठीक है ना जी जी तो मेरे पास जो डेटा है कि नेम है किस दिन को आया किस आ, किस दिन को बाहर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको डेट भी दिख रहा है दिख रहा है डेट पता मतलब डेट एंड टाइम इकट्ठा डाला हुआ इसमें बट फॉर्मेटिंग ऐसी की गई है कि सिर्फ टाइम दिख रहा है तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में यहां टाइम में टाइम की फॉर्मेटिंग में डेट एंड टाइम या डेट की फॉर्मेटिंग में आते हैं यहां पे आपको डेट एंड टाइम दिखेगा अब डेट एंड टाइम में दिख रहा है तो कस्टम फॉर्मेटिंग में बना लेते हैं यहाँ पे ठीक /mm है तो अब आपका डेट के साथ टाइम भी दिख रहा है अब यहां पे डेटा किसका समझिए डेटा ये है कि वो थर्म प्रेशन या एक्सिस कार्ड यूज करता ना उसका डेटा है तो बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए यूज करता है वो दोनों को अलग किया गया कि इन वाले दरवाजे पे दरवाजा ने बाहर से कितना बार पंच किया है तो अंदर से कितना बार पंच किया है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा दिन में कई बार अंदर बाहर हुआ है तो मुझे उसकी सबसे पहले जो अंदर आया था शो और सबसे बाद में जो बाहर गया था शो उसका रिकॉर्ड चाहिए डेट के हिसाब से समझ गए सबको समझ में आया जी जी तो अब हम क्या करेंगे डेटा को सिलेक्ट करेंगे डेटा को सिलेक्ट करके हम जाएंगे प्यूबर टेबल और प्यूबर टेबल लगाए अब एक चीज ध्यान रखिए डेटा में कि आपको दिख तो रहा है डेट जब इसको आप जनरल फॉर्मेट करेंगे तो नंबर होगा तो डेट हमेशा डेट एंड टाइम हमेशा नंबर में होता है जो नंबर में दिख रहा है होल नंबर दिख रहा है वो आपका डेट है जो डेसल में दिख रहा है वो आपका टाइम एक्सर ऐसे स्टोर करता है के फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता करना है नेम हमने रख मुझे ऊपर डेट चाहिए तो इन को लेकर ऊपर रख देता हूँ तो इस तरह से आएगा तो इसको हम राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप अब इसमें हो सकता है कि दो साल का डेटा हो या मंथ का डेटा हो तो डेज मंथ और ईयर तीनों कर देता हूं तीनों करने के बाद यहाँ पे हम डे यहाँ पे इनको रहने देते हैं मंथ और ईयर को फिल्टर में कर देते हैं ताकि हम फिल्टर के हिसाब से देखते रहे और यहाँ पे यह फायदा ये हुआ कि मुझे एक एक दिन का डेटा अब एक महीने का डेटा हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं सिर्फ इनको उठाइए कॉलम में रख दीजिए ग्रुप कर दीजिए डेट वाइज बट यहाँ पे डेटा यहाँ पे डेटा जो है कई साल का डेटा है कई साल का एक ही साल का डेटा है तो एक ही साल का डेटा मंथ सिर्फ करना एक ही साल का डेटा है या और एक ही महीने का डेटा होगा मेरे हिसाब से नहीं नहीं महीने तो कहीं यहाँ पे दिख रहा है पर डेटा कहाँ उन्होंने जो डेट स्टॉल कर दिया था शायद उससे अलग अलग ईयर का डेटा दिख गया था उनको एक ही महीने का डेटा देखा जैन का जून का जून जून, जून।, जून का इसमें वो ईयर लगाने का झंझट ही नहीं है ठीक है नहीं है तो आप जो है इसके मंथ और मंथ और ईयर को यहाँ से हटा दीजिए हटा दिए अब मुझे यहाँ पे चाहिए इन और आउट तो मैं इन को रखता हूँ और यहाँ आउट को रखता हूँ बाय डिफॉल्ट काउंट आ रहा है और ये भी बताया कि जो नंबर है जो डेट टाइम है नंबर है मतलब कि जब आया मान लीजिए कि मैं आज जो है दस बजे दस बजे ऑफिस में आया ठीक है और बाईस बजे ऑफिस से गया बीच में हो सकता है और बार और कई बार आया गया हो लेकिन सबसे छोटा तो 10 है और सबसे बड़ा तो 22 है। में मिनिमम। हाँ तो यही क्या करेंगे अपने डेटा में कि यहां इनको, इनको मैक्स ले लेंगे यानी मिन ले लेंगे मतलब सबसे पहले कौन आया सबसे छोटा हाँ। कौन हाँ। सा है मिनिमम और मैक्स को यहाँ इसको आउट को मैक्सिमम ले लेगा सबसे बाद में क्या मतलब सबसे बड़ा क्या है अब इस तरह का नंबर दिख रहा है है है तो तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट करके टाइम टाइम कर कर कर देना देना और और इसमें जो थी ब्लैंक है, तो ब्लैंक जगह पे पे को टेबल ऑप्शन आएंगे ए दें हो क्या सर ये मैक्सिमम और मिनिमम क्यों लगाया वही नहीं समझाया आपको आपने बोला हाँ समझ में आ गया हमने क्या ने ने बोला सबसे पहले बताइएला काम कर सकता है समझ गए और जो नंबर होता है जैसे मान लीजिए कि मैंने दस बजे डाला डा रहा ना सर दस बजे गया आया एगारह बजे आया यहाँ पे मैं अट्ठारह बजे निकला मैं बाईस बजे निकला तो अब मुझे सब यहां पे अगर मिन लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कब मैं आया था ठीक है और मैच लगा दूंगा तो पता चल जाएगा कब मैं गया था क्लियर हुआ जी तो कहने तो जो टाइम की एंट्री है रिपीटेड है तो जैसे मनी की एंट्री एक दिन में दस बार है तो दस बार या चार बार है चार बार कुछ इस तरह से होगी इनमें इन मान लीजिए मान लीजिए अगर आपका इन है तो इनने हमने समझ लिया कि सुबह दस बजे पंच किया फिर ग्यारह बजे पंच किया फिर अठारह बजे पंच किया फिर बाईस बजे पंच किया तो सबसे कम टाइम जो हुआ मिनिमम हुआ मतलब बजे हुआ। मतलब सबसे पहला वो दस बजे पंच किया मतलब कि उस दिन वो उस टाइम पे आया था समझे जी है और इसी तरह से अगर मान लीजिए आउट में होगा कि वो दस बजे गया ग्यारह बजे बाहर गया अठारह बजे बाहर गया और बाईस बजे बाहर गया और 22 बजे के बाद बाहर जाने के बाद इसमें कोई एंट्री नहीं है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हम पे लगाएंगे पता चलेगा कि 22 बजे ऑफिस से बाहर गया क्योंकि उसके बाद उसको बाहर जाने की कोई इंट्री नहीं समझे तो सर इससे ऐसे कैसे पता चलेगा कि 10 बजे आया और 11 बजे बाहर गया टाइमिंग है इनकी टाइमिंग है इसमें जो टाइमिंग है वो आउट की टाइमिंग है दो अलग अलग कॉलम में है ना ये आउट मान लीजिए और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने एक ही टाइम दिया हुआ है इसमें 10 नहीं होगा मान लीजिए कि 11 बजे बाहर गया है ये 12 बजे गया है मान लीजिए ये 18 19 बजे गया है बाहर मान लीजिए और, और मान लीजिए 23 बजे बाहर गया अब समझ ना आपको जी, जी जी ये आउटलेट आउट इन दोनों अलग अलग डेटा है ना मेरे पास एक ही डेटा में होता तब कंफ्यूजन होता है जैसे कार्ड डेटा था इसमें कंफ्यूजन था कब आएगा कब गया इसमें कंफ्यूजन था ना बट इसमें तो मेरे तो पास अलग अलग डेटा दिया गया है इनका कॉलम अलग है आउट का कॉलम अलग है ये जो कॉलम है ये आउट का कॉलम है कि अंदर से बाहर जाने वाले कार्ड पंच किया गया है ये बाहर से अंदर वाले पे कातर पंच किया गया का जो मैक्सिम होगा मिनिमम होगा वो इन का होगा जैसे यहां पे एक एग्जांपल मैंने बताया कि मनी का टाइम मैंने फिल्टर किया मान लीजिए तो मनी का इन कॉलम में एड़ एड़ टाइमिंग आया और मनी के आउट कॉलम में टाइमिंग आया तो मिनिमम निकालने के लिए इन निकालने के लिए हमने मिनिमम ले सबसे पहले कब कार्ड पंच किया और बाहर जाने के लिए मैंने मैक्सिमम कर दिया कि सबसे बाद में कार्ट पंच किया समझे जी जी सर तो यहां पे हमारे पास आ गया और फिर इसको मैंने क्या किया टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा फॉर्मेट लगा के अभी जैसे ये देखेंगे तो ये आपका जनरल फॉर्मेट में है तो अब मैं क्या करूंगा मैं मैं जाऊंगा टेबल पे इस पे टाइम पे, और वाला फॉर्मेट चेंज कर दूंगा और नीचे जो ये आ रहा है ना इसको राइट क्लिक करके इसमें टेबल ऑप्शन में में टोटल फिल्टर्स इसको हटा देता हूं। ना दिखे ठीक है और राइट क्लिक करके मैंने क्या किया पिवर टेबल ऑप्शंस में मैंने एक कर दिया, जो ब्लैक वाले उस दिन का और मैक्स इन मीन मीन इन है, उसके जगह पे मैं इन लिखूंगा हो जाएगा। भी। भी। हो जाएगा। अब मुझे इसकी आवर्स पता करनी है कि कितना देर और उस दिन काम किया तो ये चीजें प्यवर टेबल से नहीं नहीं नहीं नहीं भी जाएंगे इसके इसके लिए हम है कॉपी करते हैं और कॉपी करके एक अलग सीट पे इसको पेस्ट इस एज ए वैल्यू करेंगे ठीक है पेस्ट पेस्टे वैल्यू करने के पीछे है ताकि जो पिवट का लिंक है वो हट जाए फिर वापस पेस्ट स्पेस में पेस्ट एजे इसमें हमने फॉर्मेट कर दिया दो बार कर दूंगा तो इसकी फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी आगे अब मुझे क्या करना है सबसे पहला कि हर दो कॉलम के बाद एक नया कॉलम एड और उसका में आवर्स आवर्स, आवर्स, आवर्स इस इस तरह से. या और इस तरह से, से, और वर्किंग वर्किंग हर दो के बाद इस तरह से यहाँ पे आवर्स, ये क्या करते हैं एक ही बार में पूरा है, इसके लिए होता है कंट्रोल कंट्रोल सेमी कॉलन से और कॉलन और से से से रो, तो और okay. से रोस से लिख रो जाता है। एक-एक okay. एक करेंगे 30 तो बार करना पड़ेगा ना मैं? Yeah. इसका ट yeah. कर रहा हूँ okay. फिर वन कर दिया और फिर इसको आगे के तब ड्राइक कर दो। ध्यान से देखिएगा शिवम जी मैंने क्या किया दो बार वन मैनुअली लिखा फिर तीसरे कॉलम में पहले वाले वन पे प्लस वन कर दिया फिर जब उसको ड्रैक करें तो दूसरे वाले वन पे प्लस वन किया फिर वापस पहले वाले टू पे प्लस वन किया फिर दूसरे वाले प्लस टू पे प्लस वन किया तो ऐसे क्या हुआ कि हर बार मुझे एक हर नंबर दो दो बार मिल गया दो दो बार से मिला कि हर दो के बाद मुझे एक कॉलम एड करना है इसलिए हर नंबर को दो दो बार उसके बाद फिर यहां पे सेम 30 तक है तो 30 तक मुझे नंबर चाहिए लेकिन वन टाइम तो मैं इसके लिए फिल फिल्म का यूज करूंगा और इसमें हम थर्टी कर देते हैं तो 30 तक आ गया इक्कीस तक ही आया हमें सिलेक्शन ज्यादा करना चाहिए यहां पे तक आ गया अब इसके एक रो नीचे जो यहाँ इन आउट इन आउट इनआउट है उसके उसी के सामने हम यहां पर क्या लिखेंगे आवर आवर्स ठीक है और इसको हम ड्रैक कर देंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे जो करना चाहे कर सकते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला है तो इसको कॉपी करके मैं इसको पेस्ट वैल्यू करूंगा ताकि फॉर्मूला रिमूव हो जाए अब मैं क्या करूंगा कि इसमें देखिएगा नेम को सिलेक्ट मत कीजिएगा ध्यान रखिएगा नेम को नहीं करना है उसके बाद मैंने सिलेक्ट कर लिया डेटा को नेम के पास और शॉर्ट में गया कस्टम शॉर्ट में ऑप्शंस के अंदर में होता है लेफ्ट तो राइट शॉर्ट लेफ्ट टू तो राइट और ओके किया और इसमें मैंने रो वन के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया तो यहाँ पे एक वन यहाँ पे एक वन एक वन जो सबसे लास्ट में है सबसे लास्ट वाला कॉलम लेके वा आएगा तो कॉलम ले ब्लैंक है एक ब्लैंक कॉलम एड हो जाएगा कुछ इस तरह सर शिव जी समझ में आपको और फिर मैंने वन को डिलीट कर दिया और फिर अपना इस डेटा को सिलेक्ट किया अब मुझे क्या करना है कि माइनस करना है हमें कि आउट माइनस इन आउट माइनस इन सिलेक्ट किया लेकिन जो ब्लैंक है उसी में करना है सब में नहीं करना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा यही फाइनेंस के अंदर गो टू स्पेशल में यहां पे आता है ब्लैंक ब्लैंक पे क्लिक करके ओके किया तो जितने ब्लैंक सेल थे वो सिलेक्ट हो गया बाकी डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ फिर मैं इक्वल प्रेस करके लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट करूंगा लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट अब मैं नॉर्मल एंटर मारूंगा सिर्फ एक D3 पे जहां भी टाइप हो रहा है वहीं पे टाइप होगा लेकिन मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा पूरा सिलेक्टेड एरिया में वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा ध्यान रखिएगा क्या होता है कि एक सिलेक्ट एरिया सिलेक्ट करने के कुछ टाइप करते हैं आप एंटर पेस्ट करते हैं तो सिर्फ उतने एरिया में उतने जिसने टाइप किया वही होगा लेकिन टाइप करने के बाद चाहे फॉर्मूला हो चाहे नॉर्मल डेटा आप कुछ भी टाइप करते हैं उसके बाद आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो पूरा सिलेक्टेड में कॉपी पेस्ट होगा ओके तो, वो जाता, हाँ, तो इसमें जो हमने इसमें जो हमने क्या किया फॉर्मूला लगाया माइनस बी थ्री कंट्रोल एंट्र मार्के इस फॉर्मूले कॉपी पेस्ट कर दिया जानते हैं जब भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होता है तो क्या होता है उसकी वैल्यू इनक्रीज होती है ना जब नीचे आया तो वो C3 सी थ्री फाइव हो गया ऐसे पे कॉपी पेस्ट हुआ तो दो रो बढ़ गया गया तो तो C3 B3 था वहां पे e, E3 F3 हो गया, तो एक बार में सारा आपका हो गया और ये आपने अपना अटेंडेंस बना लिया ठीक है सर सी एम एम में क्यों दिखा रहा है ये, ये जो आप निकाले हैं अभी ओ, इसमें फॉर्मेटिंग लगा हुआ है सही से दिख रहा है आपको फॉर्मेटिंग हटाना पड़ेगा इसको ये देखो ले लीजिए आ जाएगा ठीक है तो जो डिफरेंस है वो भी उसके हिसाब सिस्टम के हिसाब से टाइम है तो आपके लिए लग रहा है डिफरेंस तो रहा है ना ठीक है शिवम जी समझ में आपको कि नहीं जी जी जी सर आ गया आपको वैल्यू वैल्यू दिख रहा है इसको इसके लिए हमें इस एर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इस एडर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिखना चाहिए तो आप फॉर्मूला ना लगा के कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है शायद याद हो तो न्यू रूल्स फॉर्मेट सेल यहां पर बताया था एरर error, और एरर्स की फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे इसकी फ़ॉन्ट कलर को व्हाइट कर देंगे क्या कर देंगे व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट है तो फोर्थ ग्राउंड व्हाइट व्हाइट रहेगा दिखेगा नहीं देन ओके okay. दिख रहा है उस चीज जाता जाता है है कुछ अपना भी इंप्लीमेंट किया जाता है। हम तो रहे थे कि ए के पे जीरो तो वो नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को जी सर कोई कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को